देखिए हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स एसेज होती है तो जो इन्वेंट्री होती है वो करंट एसेट का पार्ट बनती है ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है वो तीन तरह का स्टॉक होता है एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है एक वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक होता है पार्शली कम्प्लीटेड गुड्स और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास ये तीनों तरह के स्टॉक्स मौजूद होते हैं जो रॉ मटीरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाती है और जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं उनके पास सिर्फ एक तरह का स्टॉक होता है वो कहलाता है फिनिश गुड्स ठीक है अब स्टॉक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज की रेशो पड़ी थी और एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज फॉर एग्जांपल 2005 में 30 डेज था और 2006 में वो 40 डेज हो गए तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री <coughs> सेल करने में प्रॉब्लम हो रही तो इन्वेंट्री सेल करने में अगर प्रॉब्लम होगी इन्वेंट्री जितनी ज्यादा गोडाउन में रहेगी उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इन्वेंट्री रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बढ़ जाती है अब हमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करे कि उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम से कम हो मिनिमाइज हो जाए और इन्वेंट्री जल्द सेल भी हो जाए ठीक है इन्वेंटरी की कॉस्ट को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है ऑर्डर देने की कॉस्ट जिसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एक होती है होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंटरी को गोडाउन वगैरह के अंदर होल्ड करने की कॉस्ट और एक होती है स्टॉक आउट कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होती है जब हम जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो इन्वेंटरी को जब गोडाउन के अंदर हम होल्ड करके रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट होती है स्टॉक आउट कॉस्ट कब अराइज होती है जब व्हेन वी आर Out of stock customer हमारे पास आता है और हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं होता तो उससे प्रॉब्लम सेल अफेक्ट होती है गुडविल अफेक्ट होती है कस्टमर फ्रस्ट्रेट होता है उसको हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम स्टॉक कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमारे यहाँ रेंट ऑफ गोडाउन सैलरी ऑफ द स्टाफ इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हमारी स्टाफ की सैलरी जो ऑर्डर देने के लिए रखा हुआ है हमने और इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन पोस्टेज अब सवाल ये पैदा होता है जो हमारा इशू है इशू ये है कि जब एक कंपनी एक ऑर्डर प्लेस करती है तो <coughs> उस ऑर्डर प्लेसमेंट में उसका ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए साइज ऑफ ऑर्डर मीच इज आल्सो नोन एज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी मंगवाएं ज्यादा मंगवाए या कम मंगवाए अच्छा जितनी ज्यादा क्वांटिटी हम मंगवाते हैं उसका फायदा यह होता है कि हमारी ऑर्डर देने की कॉस्ट कम हो जाती लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है हम कम मंगवाते हैं बार बार मंगवाते हैं फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स करते हैं बार बार ऑर्डर करते हैं तो फिर क्या होता है फिर हमारी जो ऑर्डर कॉस्ट होती है या ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है और हमें कम अमाउंट होल्ड करना पड़ता है तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में और हमारी होल्डिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है एक को कंट्रोल करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है दूसरी को कंट्रोल करते हैं तो पहली वाली बढ़ जाती है अब इसका सॉल्यूशन ये है एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये टेक्निक हमें ये बताती है कि हाउ मच to order so that both कॉस्ट will be minimized. यानी कि मॉडल इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि आपको वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स बताएगा जिसके ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है ठीक है EOQ या क्वांटिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है ये एग्जाम में गिवन होता है फॉर्मूला डिवाइडेड बाय दिस ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होता है इस फॉर्मूले में EOQ या Q इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा डी जो है D होती है इस साल की हमारी एनुअल डिमांड साल में हमें कितने गुड्स मंगवाने C not is कॉस्ट पर ऑर्डर एक दफा मंगवाने में कितनी कॉस्ट लगती है एंड सी एच इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी कि एक यूनिट की एक साल की होल्डिंग कॉस्ट के तो अगर मेरे पास ये तीनों इंफॉर्मेशन आ जाएं कि हमारे पास डिमांड कितनी है हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट कितनी है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी अल्टीमेटली uh, uh, वो क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी जिस क्वान्टिटी के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी ठीक है अब एक डेटा देता हूं। उससे हम हम इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं हैं और फिर देखते हैं कि से हमारी हम अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है अल्टीमेटली तो फॉर एग्जांपल डिमांड प्रोडक्ट की है हमारे पास वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यूनिट और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है डॉलर एक सेकंड जस्ट होल्ड हाँ जी तो हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है एक ऑर्डर की हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 400 डॉलर पर ऑर्डर डिमांड है हमारी एक लाख साठ हजार यूनिट्स एक साल की ठीक है और होल्डिंग कॉस्ट हमारी है डॉलर 5.12 पर यूनिट पर पर व्हाट एम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. व्हाट ईओक्यू. एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स हमें मंगवाने चाहिए तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूले में हमने टू को मल्टीप्लाई किया डिमांड एक मल्टीप्लाई बाय पर mm -hmm. 400 डिवाइडेड बाय 5.12 5000 5000 5000 5000 ये अंडर अंडर रूट कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है है यूनिट्स का का साइज़ इसका मतलब क्या यूनिट <laughs> हमें डिस्काउंट मिलेंगे हो जाएगी दोनों मतलब कॉस्ट है जो, और वो जब हम एक ऑर्डर <coughs> प्लेस करेंगे ना एक मरतबा तो हमें एक मरतबा में 5000 यूनिट्स मंगवाने चाहिए अगर हम एक ऑर्डर में 5000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग वो मिनिमाइज हो जाएगी कम हो जाएगी अच्छा हमें अगर ये फाइंड आउट करना है के साल में एक लाख साठ हजार यूनिट्स मंगवाने के लिए कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है डिमांड डिवाइडेड बाई क्यू डिमांड को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साल में कितने ऑर्डर्स देने होंगे वो पता लग जाएगा वन लैख डिवाइडेड बाई फाइव क्या आंसर आएगा थर्टी टू थर्टी टू ऑर्डर्स यानी कि हम एक लाख साठ हजार यूनिट मंगवाने के लिए एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे थर्टी ठीक है अच्छा उसके बाद अगर हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो कि तो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि ऊपर 400 हंड्रेड डीवी थी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 32 और कॉस्ट पर ऑर्डर हो गए थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है अच्छा इसी तरह अगर हमें टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी हो उसका एक फॉर्मूला ये होता है कि हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट एवरेज स्टॉक और उस एवरेज स्टॉक को सी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय सी एच पिछले में हमारे पास क्यू कितना आ रहा था पांच हजार डिवाइड किया और सी एच आ रहा था फाइव पॉइंट टूर्टीन थाउजेंड कितना तेरा हजार। तेरा हजार। तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग मिला के कितनी जी ईओ क्यू के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल होल्डिंग कौस. अगर EOQ पूछे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वेश्चन एनुअल डिमांड हमारे पास है सिक्सटी थाउजेंड यूनिट एक यूनिट खरीदने की हमारी चेज प्राइस है डॉलर ट्वेल्व पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट डॉलर सिक्स पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट हमारी होगी पॉइंट फाइव पर यूनिट पर एम कैलकुलेट इक्नॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट तो सबसे पहले तो हम क्यू निकाल लेते हैं? <coughs> फॉर्मूले से तो हमारा Q हो गया डिमांड हो गई साठ अच्छा अभी जो एफ वन का सिलेबस तो थोड़ा सा चेंज आया नया सिलेबस आया है तो उसके अंदर से एक मेजर टॉपिक था कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप अकाउंटिंग वो हटा दिया हम लोगों ने ये थोड़ा सा और इजी हो गया 1200 1200 1200 एक ऑर्डर में हम 1200 अच्छा जी, फिर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे इसका फॉर्मूला है डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू तो हजार डिवाइडेड बाय 1200, 50 50 ऑर्डर्स हमें देने होंगे पूरे साल में उसके बाद इस ऑर्डर के ऊपर टोटल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 50 मल्टीप्लाई बाय डॉलर सिक्स थ्री सही टोटल होनी चाहिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अच्छा जी उसके बाद हमें निकालनी है टोटल होल्डिंग कॉस्ट तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक Q डिवाइडेड बाय टू तो Q हमारे पास आया था 1200 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 600. और होल्डिंग कॉस्ट टोटल हमें फाइंड आउट करनी है पूरे साल की तो Q डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय CH तो यह आ गया सिक्स हंड्रेड और CH हमारे पास था पॉइंट फाइव थ्री हंड्रेडी थ्री हंड्रेड नहीं आएगा तो तो उसे डिवाइड भी हुआ है ना तो तो अच्छा अच्छा, तो खरीद रहे और एक यूनिट की कॉस्ट है तो तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी परचेज प्राइस सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट थ्री हंड्रेड होल्डिंग कॉस्ट थ्री हंड्रेड इसका मतलब है अगर हम साल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो पूरे साल की हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो लगेगी सेवन सही है अच्छा अब अब बाज दफा क्या होता है कि कोई सप्लायर हमें जो ना वो थोड़ी सी लालच देता है और सप्लायर हमें कहता है कि आप ज्यादा मंगवाओ कम मंगवा रहे हो आप ज्यादा मंगवाओ तो मैं आपको ज्यादा मंगवाने पर बल्क परचेज डिस्काउंट दे दूंगा तो क्या हमें बल्क परचेज डिस्काउंट लेके ज्यादा यूनिट्स मंगवाने चाहिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ज्यादा यूनिट्स मंगवाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी लेकिन साथ डिस्काउंट भी मिलेगा तो हमें एग्जाम में ये इवेलुएट करने को दिया जा सकता है कि ये इवेलुएट करें कि सप्लायर की ऑफर पे कॉस्ट कम लगती है या ई पे कॉस्ट कम लगती है तो हम सप्लायर की ऑफर को इवेल्यूएट करेंगे फिर ईओ क्यू जो आंसर आया अभी उससे कंपेयर कर लेंगे अगर आंसर सप्लायर की ऑफर में कम आ रहा है ओवरऑल तो हम सप्लायर की ऑफर क्वांटिटी मंगवाएंगे वरना फिर अपनी क्वांटिटी मंगवाएंगे जो ईओ से आई तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर मैं एक ऑफर दे रहा हूं हमारे पास आया और उसने हमें कहा कि अगर क्वांटिटी ऑर्डर साइज 10,000 और मोर हो तो वो हमें 1% डिस्काउंट देगा पच्चीस प्राइस के अब हम इसके ऊपर हमें ऑर्डर साइज बता दिया उसने ऑलरेडी निकालने की जरूरत नहीं ऑर्डर साइज साइज जो हमने पहले निकाला था EOQ वाला 1200 उसकी जगह ये ऑर्डर आ गया 10,000. तो Q हमारे पास आ गया 10,000? सही? अब इसके ऊपर हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल और, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेगा का फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिमांड डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय सी नॉट अच्छा <laughs> एक चीज और दी डीवी जब हम सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट होगी ना ये पहले पॉइंट फाइव थी वो इंक्रीज होकर डॉलर टू हो जाएगी इस सवाल में दिया तो हमारी डिमांड तो वही रहेगी सिक्स थाउजेंड क्यू सप्लायर की ऑफर हो गई दस हजार और कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी थी कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी आ गई थर्टी सिक्स अच्छा भी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय सी एच यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय सी एच क्यू हमारे पास अब 10,000 है टू मल्टीप्लाई बाय सी एच दो हो गया तो क्यू टू से कैंसिल होल्डिंग हो उसके बाद हम कॉस्ट निकालते साठ हजार यूनिट की कॉस्ट यूनिट्स हमने की है एक यूनिट बारह का है डिस्काउंट मिल जाएगा तो नाइनटी परसेंट से मल्टीप्लाई कर देसेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 71, two 800. 800. अब हमारी जो है वो तीन कॉस्ट आ गई सेवन वन टू इन तीनों को प्लस कर लें. है है ऑफर एक्सेप्ट करते तो ये कॉस्ट आ रही है और इ्यू पे जाते थे तो कॉस्ट क्या थी सेवन टू जीरो सिक्स हंड्रेड इसका मतलब है सप्लायर ऑफर एक्सपेंसिव है क्या करना चाहिए बिल्कुल ईओ क्यू इज बेस्ट अच्छा बाद दफा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है सुना कभी बफर के बारे में बफर इज आल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक यानी के बफर वो लेवल ऑफ स्टॉक होता है जो कि हमेशा हमारे पास मौजूद रहेगा Always present. हमारा स्टॉक लेवल कभी भी बफर से नीचे नहीं आ सकता लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का एक बिन है ठीक है और ये स्टॉक के बिन के अंदर ना ये जो पोर्शन है ना 2000 यूनिट्स ये समझ ले मिनिमम बफर हमने रखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन तो का ये बफर कभी भी खाली नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे पॉइंट पे आके ऑर्डर प्लेस करती है जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तीन हजार इस लाइन को नाम दे देते हम री ऑर्डर लेवल जब कंपनी का स्टॉक री ऑर्डर लेवल पे पहुंचेगा तो हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे सही अब री ऑर्डर और बफर के दरमियान कितना गैप है? हैडर और बफर के दरमियान कितना गैप है जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे हाथ में कितने यूनिट्स हैं? तीन हजार सही है और बफर कितना है इसका मतलब है हजार यूनिट्स का मार्जिन मौजूद है हमारे पास जब तक हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता हमारे पास हजार यूनिट्स हैं कंज्यूम करने के लिए है तो सप्लायर को ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक का जो पीरियड होता है ना इस पीरियड को कहते हैं लीव टाइम टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर and receiving an order, जैसा हम uh, for example हम एक food delivery company से जो ना वो uh, बर्गर मंगवाए पिज्जा मंगवाए तो वो कहते हैं जी फोर्टी फाइव मिनट के अंदर आ जाएगा सही है तो वो जो फोर्टी फाइव मिनट्स होते हैं वो लीड टाइम होता है फोर्टी फाइव मिनट के अंदर हमारा स्टॉक हमें मिल जाएगा ठीक है तो हम अपना रिऑर्डर लेवल ऐसा रखते हैं कि जब हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाए तो बफर से नीचे ना जाए बफर पे रहते हैं हम हमेशा अच्छा सवाल में अगर बफर दिया हुआ होगा ना तो एक जगह चेंज आ जाएगा अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एवरेज स्टॉक बन जाएगा बफर प्लस क्यू बाय टू ठीक है इसमें फॉर्मूले जो ना जितने भी फॉर्मुलेज अगर अच्छी तरह से समझ लिए जाए तो काफी आसानी हो जाती इस टॉपिक में बहुत इजी टॉपिक है हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी क्लासेस रख लें तो अपना टाइम टेबल दोबारा मुझसे शेयर कर लेना अवेलेबल ठीक है मुझे मैसेज कर देना ताकि उसके हिसाब से हम ज्यादा क्लासेस रख के ना उसको तो जल्दी जल्दी निमटा तक कंप्लीट हो जाएगा टैक्सेशन टैक्सेशन तो खत्म हो गया हमारे, तो वर्किंग कैपिटल चल टॉपिक है तो थ्योरी का वो भी टाइम नहीं लेगा। और अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग हमारा थोड़ा सा लगेगा तो आप कोशिश करते हैं की इसको जल्द से जल्दा देख हाँ इनशा हो जाएगा बट You have to give me more time na, classes availability free availability free discuss और आगे, से, आगे recorded lecture से पढ़ते जाओ ताकि जो मैं समझाता जाऊँ और ज्यादा अच्छी तरह समझ है। है? से समझ में आए है देखो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने क्या प्लान बनाया हुआ है कि मुझे पेपर कब देना है कितने अरसे में से करना है नहीं दो तो कौन सा F1 F1 और एवन. E1 E1 E1 अच्छा चलो का तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना लगेगा कल तक इनशाला बता इसके अलावा आप क्या कर रही होम जी तो वो क्या चल रहा है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू अच्छा सही तो राइट नाउ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट कंपनी का जो इस वक्त करंट ऑर्डर साइज है वो है वन हंड्रेड थाउजेंड यूनिट्स व्हेन इन्वेंट्री लेवल फॉल्स टू थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट्स जब ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री लेवल 35,000 पे पहुंच जाता है <coughs> तो हम 100,000 यूनिट्स ऑर्डर कर देते हैं। एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे पास है 625,000 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ ऑर्डर पड़ेगी वन कि 125 पर ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट 0.60 सिक्स वन ईयर कंप्राइजेस ऑफ फिफ्टी वीक्स लीड टाइम टू वीक्स है अब इसमें बफर नहीं दिया राइट लेकिन हम बफर निकाल सकते हैं जब लेवल 35,000 पे पहुंचता है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है कितने दिनों में हमारा ऑर्डर आ जाता है लीड टाइम कितना है टू वीक वीक की कंजम्पन कितनी होगी टू वीक में हमारी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती होगी? साल में हमारे पास कितने यूनिट समय चाहिए? वन लाख, ट्वेंटी स्टू फाइव थाउज़ेंड ये कितना होगा? की की, पच्चीस हजार ये हमारी लीड टाइम की कंजम्पशन है यानी के ये हमारी इस पीरियड की कंजम्पशन है जो मैंने यहाँ पे श्रेडिट किया है ना इसका मतलब है जब पैंतीस हजार यूनिट्स पे पहुँचते हैं हम तो तब ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें 25,000 यूनिट्स खर्च हो जाते हैं बाकी कितने बचते हैं 10,000 ये बफर हो गया तो बफर कितना हुआ रिक्वायरमेंट ये है जो हमारी करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी है ना एक लाख यूनिट मंगवाने की उसके ऊपर टोटल कॉस्ट निकालनी ब्रिंग कॉस्ट कितनी होगी सेवन एटी वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सवाल में बफर है जी। अब फॉर्मूला क्या बनेगा ये तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बन गया और ये सीए अलग से आ गया मुझे सॉल्व करे मेरे एक्चुअली थाउजेंड मंथ तो है जीरो पॉइंट सिक्स थर्टी पॉइंट नहीं डिमांड okay. है हमारे पास टू okay. है हमारे पास वन uh, सिक्स अब इसमें बफर है ना होल्डिंग तो कॉस्ट में हमारे पास बफर है दस हजार का पॉइंट सिक्स ये निकाले वन जीरो एट फोर वन कितना आंसर आ रहा है सही 108. है टोटल कॉस्ट कितनी हो गई फोर एट फोर वन आंसर 15 15, A और बगैर ईओ क्यू कितनी आ रही थी थर्टी सिक्स सेवन एटी वन ईओ क्यू अगर हम यूज करते हैं तो हमें फायदा होगा तो इसलिए हम ईओ क्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये चल अब इसको कवर करें फिर कल जो भी अवेलेबिलिटी हो ना टाइम की मुझे मैसेज कर देना